देश पत्र, आवाज देश की। नमस्कार आप सभी का स्वागत करता है देश पत्र अभी हम हैं नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में हमारे चारों तरफ जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये है वेंकटेश्वर नाथ मंदिर वेंकटेश्वर नाथ मंदिर इसको बड़ी ठगुरबारी भी कहा जाता है ये ठगुरबारी स्वतंत्रता के पहले से स्थित है यहाँ पर इस पर पहले से पूजा पाठ किया जा रहा है और इधर कुछ दिनों से कुछ कई सालों से यहाँ पर एक नया भवन बनाया गया है जो हमारे पीछे देख सकते हैं आप दिखाइए कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि ये भवन दिखाया जाए इस भवन के आगे कुछ शिलान्यास किया गया है इस शिलान्यास के बारे में हम बात करेंगे यह शिलान्यास जो है यह आप देख सकते हैं शिलान्यास है यह शिलान्यास किया गया है इस नीतीश इस बोर्ड में लिखा हुआ है बड़ी ठगुरुबारी परिसर में ओम श्री राधे कृष्ण मंदिर एवं ओम जय श्री राम आश्रम का नव निर्माण कार्य ओम श्री राम मंदिर के सौजन्य से संपन्न हुआ ओम श्री राधे कृष्ण भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा दिवस संवत 2077 दिन सोमवार कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णमासी दिनांक तीस ग्यारह 2020 समय ग्यारह बज के मिनट पूर्वाहन में संपन्न हुआ इसका लोकार्पण बिहार के लोकप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री एक बार मैं फिर यह बात को रिपीट करना चाहूँगा इसका लोकार्पण बिहार के लोकप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा हुआ ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि यही क्षेत्र से वो पढ़े लिखे और बढ़े हुए हैं और यही गणेश उच्च विद्यालय से उन्होंने माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की श्री राम मंदिर के सौजन्य से ये इसका लोकार्पण हुआ इस श्री राम मंदिर के बारे में कुछ बताइए ये श्री श्रा, तो शिलान्यास तो ये, ये तो होना चाहिए के, हाँ, हाँ, के नाम से किया है हाँ, अलग कर लिया है अपना अपना नाम करने के धोखा जी है ना भाई किसने अचूतानंदी हाँ। ये क्या हुए? इस बर... इस के ये क्या क्या हुए हुए के बना देते हैं जी उस समय ट्रस्ट नहीं था जी। ऐसे कहे कि हम बना देते हैं इसी से आमदनी से ठाकु चलेगा तो हम लोग चुप हो गए ठीक है अब आके चुप चाप बना करके बीच बना करके भवन किस लिए बनाया गया बनाया गया यहाँ पर किस लिए शादी हो रहा है ब्याह शादी कर रहे हैं बुकिंग कर रहे हैं लहसुन प्याज माँस मजरा सब चल रहा है मंदिर में जो वैष्णव के मंदिर के विरोध हैं आपका परिचय मेरा नाम है यहाँ क्या कारण है यहाँ पर अभी अभी सब चीज सही से हो रहा है जैसे साधु संतों को इतना भारत में अभी साधु संत यहाँ से घूम के अब जाने लगे जो टूटल मंदिर था, था तो, तो कभी साधी नहीं अब साधु के आसन लगाने का जगह नहीं है ये सब हॉल कब्जा कर लिए हैं अब पैसा कमाने का धंधा बना लिया कब्जा किए अचानंद या जी ये जो इतना बड़ा बात किया जा रहा है जी। अभी देश में की साधु संतों को संभाल कर रखा जाएगा साधु संतो का पेंशन दिया जाएगा साधु संतों को वेतन भोग भोग दिया जाएगा साधु संत को मार के भगाने के बोलते हैं कि मार के भगाओ साधु के अलग पुजारी हैं अलग रसोई बन रहा है एक आंगन में ये तो भाई जैसे बंटवारा कर दिए मंदिरों के शादी ब्याह यहाँ पर उसका शुल्क लगता है क्या जी हाँ पैतालीस हजार रूपया लेते हैं पैंतालीस हजार रूपया कैसे कैसे सात हजार रूपया लेते हैं ये शादी ब्याह कर लेते हमारा इच्छा है कि कोई गरीब दुखिया आवे कोई आवे के भगवान पर चढ़ावा कर दे उतने पर अपना जय श्री राम यहाँ कोई पैसा नहीं है हमारा अयोध्या जी ने बनल है दसो करोड़ रुपया तो मंदिर सब दान दिल है जमीन दाता भी हैं एक तरह से कहा जाए तो इनके ही पूर्वजों के द्वारा ये जमीन दान में दिया गया था तो आइए इनसे बात करते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए हम को। हमारे तो। हमसे चार तो... पुस्त ऊपर श्री स्वर्गीय हीरा सिंह जो कि इस मंदिर के लिए बाबा वेंकटेश बिलास के नाम से इक्कीस बीघा जमीन दान में दिए उसके बाद आठ महंत इन बाबा से पहले आठ महंत इसमें रह चुके हैं तो ये नए आए इनके रीज़न में जो है कब्ज़ा धीरे धीरे करने लगे और कब्ज़ा ऐसे व्यक्ति किए जिनके दादा का नाम यहाँ लोग आदर के साथ लेते हैं जिनका नाम है सिलभद्रियाजी उनका नाम कोई भी आज भी लेते हैं तो आदर सम्मान के साथ लेते हैं और उनके पोता और बेटा दोनों ने मिलकर इस मंदिर को क्या बोला जाए मगर ये विश्यालय बना दिया तो ये जो बात आप कर रहे हैं की सीलभद्रिया जी जो उनके जी, दादा हुआ करते थे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत सारा काम किया जी, जी, और उनके पोते ने ये चीज को हम ये समझ में नहीं आ रही इस बात को थोड़ा जैसे देखिए तो आप रामायण में भी देखे है महामहर्षि पुलस्थ के पौत्र रावण महर्षि पुलस्त कितने बड़े संत थे जी जी। उनके पिताजी कितने बड़े संत थे विश्व शर्मा और उनके ही कुल में रावण कैसे पैदा लिया उसी तरीका से ये शिल भद्रया के कुल को कलंकित करने के लिए उनके पुत्र और पौत्र का जन्म हुआ है और इसी से इनका विनाश होगा मेरा नाम रामबाबू सिंह है मैं स्वर्गीय हीरा सिंह का परपोता बख्तियारपुर थाना हमारे सामने परिस्थित है यहाँ पे कुछ ग्रामीण खड़े हैं आइए जानते हैं ये काफी परेशान लग रहे हैं इनसे जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या कि किस लिए आए हुए हैं थाने पे थाना में आए हैं कि सब मीटिंग करते हैं कब पता नहीं चलता है अपना परिचय दीजिएगा महंस दिनकर बड़ी ठकुरबादी अख्तियारपुर क्या हुआ है यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे आए थे केस करना नहीं हुआ किस मुद्दे पे केस फोटो जो शिपका की मीटिंग होगा नौ तारीख के नौ तारीख के भी मीटिंग नहीं हुई जान मान के घर देते हैं हमको डर भी लगता है अकेले रहते हैं तो ये महंत के बोल हैं, इनको डर लगता है इनको खतरा है जान का खतरा है और ये कुछ नहीं वेंकटेश्वर नाथ मंदिर है हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये आपका मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार हैं, इनका गृह क्षेत्र है और गृह क्षेत्र के साथ ये सीलभद्रिया जी का वो जगह है वो स्वतंत्रता सेनानी सीलभद्रिया जी जिन्होंने जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी बलिदान दिए थे काफ़ी युद्धों में वो काफ़ी संग्राम में वो शामिल रहे थे ऐसा क्षेत्र है ये बख्तियारपुर कहा जाता है कि एक समय सीलभद्रिया जी जो सुभाष चंद्र बोस के बाद सबसे बड़े अंग्रेजों के दुश्मन हुआ करते थे और उनके क्षेत्र में ये वेंकटेश्वरनाथ मंदिर है और वहाँ के ये महंत हैं उनसे हम बा, बात जानते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है कि हमको मीटिंग में पता नहीं चलता कब वो सब मीटिंग कर लेते हैं अपने नाम से जाके बाद में रजिस्ट्री करवा लिए कहे कि बड़का पैसा मिलेगा तो ट्रस्ट का मतलब ही होता है विदेश से आया हुआ पैसा या चंदा से आया हुआ पैसा तो वो ट्रस्ट का पैसा कहाँ से आया उसकी जानकारी जिसका जमीन है उसको मिलना चाहिए ना जिसको जमीन है उसको पूछा नहीं गया और हमारे महंत बाबा जो है कि कम पढ़े लिखे हुए हैं उनको बोला गया कि बाबा आपके लिए एक बड़ा भवन बना दिया जाएगा उसमें वो साधु संत रहेगा लेकिन आज बाबा को ही हटाया जा रहा है इसी को लेकर हम फिरंगी एवं जल्द खिलाधी कहेंगे और क्या फिरंगी का मतलब ही होता है विदेशी एवं लुटेरों लोग आकर पैसा लूट कर कहीं ना कहीं अपना निवास करना और उसका अधिकार जमाना उसको फिरंगी कहा जाता है जैसे कि आपने कहा कि दस सदस्यीय टीम है अभी दस दस सदस्यीय टीम होती है हो, उनकी बैठक होती है तो ये बैठक होती है तो फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही है ये दस सदस्यीय टीम जिसका जमीन था उससे ये जमीन रुपस महाजी पंचायत के रुपस महाजी द्वारा दान किया गया था पूर्वज के द्वारा और ये जमन में फिरंगी के द्वारा लूट किया जा रहा है यहाँ पे इक्कीस बीघा जमीन है फिरंगियों द्वारा लूटा जा रहा है ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कहीं भी मेरे मेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया गरीब ब्राह्मण जिसको लिए घर बनाया जा रहा है लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह घर बख्तियार उनके घर के पीछे ये आज़ादी से पहले का भी ठकुरबारी है लेकिन आज तो कुछ दबंगों द्वारा कुछ राजनीतिक दबाव के द्वारा लूटा जा रहा है और हड़पा जा रहा है यह इक्कीस कर जमीन आज इक्कीस कट्ठा में सिमट कर रह गया है इन तमाम मुद्दा को लेकर तमाम दियारा वासी लगातार सात दिन से दौरा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई ना अधिकारी आते हैं न दस सदस्यीय टीम है उसमें कोई आते हैं तो हम लोगों का मांग है प्रशासन से एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि जितना भी मंदिर और मस्जिद का जमीन है वह सरकार अंचलाधिकारी वह जमीन कब्जा से छुड़ाकर मंदिर को सौंपे उसी मांग को लेकर हम लोग पूरा आ रहे हैं कि यह जमीन हम लोग का पूर्वज का है आखिरकार किसी को सत्ता के दबाव से किसी को चलेगा नहीं सत्ता तो आते जाते रहता है और आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी करो या मरो का आंदोलन दिए थे आज नौ अगस्त अगस्त क्रांति के दिन से भी जाना जाता है इसलिए दियाराबाजी वासी एक प्रण लिया है की महात्मा गांधी कहते करो क्या या मरो, करो करा है अपना मंदिर को अपना कब्जा में करो और महंत का अधिकार दवाओ मेरी गाड़ी इसका अध्यक्ष है एवं नौ सदस्यीय टीम है तो ये अनुमंडल पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं, तो ये क्या बैठक नियमित किया जाता है वही बात तो बैठक बुला लिया जाता है बैठक नहीं होता है इसलिए तो हम लोग थाना में आए हैं की यहाँ पे गलत सूचना दिया जाता है है। उस पर न अधिकारी का सिग्नेचर होता है ना उसमें जो नौ सदस्य तो टीम है उसका सिग्नेचर होता है उसी फर्जी कागज को लेकर हम लोक थाना प्रशासन के पास थाना अध्यक्ष को दिए है इस पर कार्रवाई उन्होंने सरहा के तौर पर ले लिए हैं जांच कर अगर सही पकड़ा जाता है तो उस पर एफ आई आर दर्ज होगा जुड़िए हमारे चैनल ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकॉन प्रेस कीजिए